पहले पहले से पहले से ज्यादा ज्यादा तुम लगा तुम छुपा ना सकोगी मैं वो राज़ राजू तुम भुला ना सकोगी